Oh, oh, oh. भवानी वास करो मेरे घट के पट देखो रसना पे रसना पे मैया शुद्ध सा मुख नौकरी करनी मैया भक्तारे मन भाई माँ एस नौकरी करनी मैया भक्तारे मन भाई माँ भगतारे मन भाई मैया भगतारे, भगतारे, भगतारे, मै भगतारे मन भाई भगतारे मन भाई मैया भगतारे मन भाई, भगतारे मन भाई बीपा ने वचन दिया बीपा जी ने वचन दियो माँ गडके बीका जी ने वचन दियों के बीपा जी ने वचन दियो माँ गडके देश भवन सजाय भी कानू शेर बसाई माँ बेकानो शेर बसाई मैया बसा बी कानू शेर बसा मैया बसा नौकरी करनी मैया भगतारे मन भाई माँ देश नौकरी करनी मैया भगतारे मन भाई माँ भगतारे मन I'm not gonna lie. मुल्तानी मुल्तान शेख जी मुल्तान कैद में घर बी रोया शेखों जी मुल्तान कैद में घर बार रोजा पण के काम पंजामे फेरा पकड़ पंजामे फेरा पेजूला फेरा पेजूला भैया फेरा मिला, फेरा फेरा भेजा त्रेस नौकरी करनी मैया भक्तारे मन भाई मां कृषि नौकरी करनी मैया भगतारे मन भाई मां भगताने मन भाई ये गंगा सिंह की रही मदद में अंगने जा गंगा सिंह की रही मदद में अंगने जाय अंगने जाने कपट कमायो सूतों से जगा अंगने जाने कपट कमा सूतों से जगा सो से सेवज गाय मैया सो से जगा सो से गा मैया सो से जगा देश नौकरी करनी मैया भक्तारे मन भाई मैम देश नौकरी करनी मैया भक्तारे मन भाई मैमा अगतारे मन भाइए मैया भक्तारे मन भार अवतारे मन भाइए मैया भक्तारे मनवा गरज ना कि भूख पर हाथ रोपी जा गरज ना कि भूख हाथ में रोपी जा पीठ पीठ पीठ दुर्गा बोली सिंह बगाई बगाया सिंह चीर बगाई चीर बगा बगाया सिंह चीज बगा नौकरी करनी मन भाई मैयास नौकरी करनी मैं मुज काम चिरा जात भी दला राम भला राम काम चिरानो जात बिराम भला राम सब भक्ता ने सोरा राखो धन धन कराया सब भक्ता ने सोरा राखो देश भोक्ति माया देशभक्ति माया मन मन मन भाई भाई केश इए मैया